ऐप डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन आप प्रॉपर तरीके से अपने लैपटॉप के लिए सही ऐप जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि लैपटॉप हो या कंप्यूटर या फिर किसी और डिवाइस पर अपने लिए बेस्ट एप्लीकेशन कैसे गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बारे में नहीं बताऊंगा मैं बेसिकली बताऊंगा कि कैसे आप अपने पीसी के लिए बेस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्च कर सकते हैं गूगल के तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने लैपटॉप में या पी में गूगल सर्च ओपन कर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपको अपने पीसी में एक सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करना है जो सॉफ्टवेयर हो सकता है कि यूटिलिटी हो या फिर जो है एप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर हो इस तरह की सॉफ्टवेयर हो सकता है तो मान लीजिए कि अगर हमें अपने पीसी के लिए एक तरह से जो है ऐसा पीसी है जिसमें थर्टी टू का जो है सिस्टम आर्टिकटेक्चर है और जो आपका पीसी है वो विंडोज सेवन है और आप तो उसमें कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि गूगल क्रोम जो है डाउनलोड करना चाहते हैं ठीक है तो आपको क्या लिख के सर्च करना पड़ेगा देखिए यहाँ पर आपको ये जो सर्च बॉक्स आपको दिख रहा है ये गूगल का इसमें आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप जानकारी नहीं देते हैं तो आपको प्रॉपर चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी तो इसके लिए आपको क्या करना है देखिए सबसे पहले गूगल सर्च में जाइए मान लीजिए कि आपको गूगल क्रो ही डाउनलोड करना है एग्जाम्पल के लिए एक क्रोम ब्राउजर का एग्जाम्पल लेंगे तो हमें गूगल क्रोम डाउनलोड करना है किसके लिए विंडो सेवन के लिए और कितने बिट पीसी के लिए थर्टी टू बिट पीसी के लिए तो हम यहाँ पर हमें यह नहीं लिखना है कि डाउनलोड गूगल क्रोम हमें यहाँ पर टाइप करना है डाउनलोड गूगल क्रोम ऐप जैसे हमने यहाँ पर डाउनलोड गूगल क्रोम यहाँ पर टाइप किया तो देख सकते हैं कि नीचे एक सजेशन में आ रहा है डाउनलोड गूगल क्रोम फॉर विंडोज सेवन थर्टी टू बीट ओके इससे क्या पता चलता है इससे पता ये चलता है कि आप यह इससे पता लगा सकते हैं कि ये जो पहला जो ऑप्शन आ रहा है जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया यहाँ पर जो है कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मान लीजिए कि डाउनलोड गूगल क्रोम फॉर विंडोज सेवन थर्टी टू बिट जो कि हमारे पीसी के लिए आप अपने पीसी के हिसाब से देख सकते हैं अगर आपका पीसी जो है जो उसका सिक्सटी फोर बिट जो है आर्टिटेक्चर है और विंडोज सेवन है तो आप यहां पर देखिए दूसरा वाला जो ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है उस पर आपको सिलेक्शन करना है जैसे कि ये वाला जो ऑप्शन है इस पर सिलेक्शन करना है अगर मान लीजिए कि आपका पीसी जो है आपका पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सेवन है और थर्टी टू बीट है तो आपको ये वाला जो सिस्टम है जो सर्च बार है उसको टाइप करना है गूगल सर्च में ओके okay, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि कैसे आप लोगों को किसी भी क्वेरी को सर्च करनी है तो अपने पीसी में सॉफ्टवेयर वगैरह जो है डाउनलोड करने के लिए तभी आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन मिलेगा जिसका इस्तेमाल आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में विंडो टेन है और उसमें आपको गूगल क्रोम डाउनलोड करना है सिक्सटी फोर बिट का जो है आपके पीसी है या लैपटॉप हो जो भी है कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो इसको हमें गूगल सर्च में करना है तो गूगल का बहुत ही खास बात ये है कि गूगल जो है दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है जिसमें आपको काफ़ी सुविधा मिलती है तो वही वही सब सुविधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटो कंप्लीट होकर आ रहा है तो आप जैसे यहाँ पर डाउनलोड गूगल क्रोम टाइप कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर विंडोज सेवन थर्टी टू बीट फोर विंडो सेवन सिक्सटी फोर बीट फोर विंडो टेन वगैरह यहाँ पर यहाँ पर दे रहा है ओके तो इसके हिसाब से अब मान लीजिए कि मुझे जो है अपने पी के लिए जैसे कि गूगल क्रोम डाउनलोड करना है विंडो सेवन थर्टी टू के लिए तो हम यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये वाला जो ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है इस पर हम जो है क्लिक करेंगे ठीक है इस पर क्लिक करेंगे तो मैं इस पर क्लिक करता हूं जैसे क्लिक करूंगा तो जो गूगल है हमें जो बेस्ट क्वालिटी का वेबसाइट रिकमेंड करेगा जो कि हमारे सिस्टम के लिए गूगल क्रोम को डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड करें ओके तो यहाँ पर जैसे हम पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर खुद ही गूगल का ही वेबसाइट है गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र ठीक है जो कि हमें मिल जाएगा इसके नीचे देखा जाए तो फाइल हॉर्स वेबसाइट दिखाई दे रहा है ये दोनों वेबसाइट पर आपको जो है चीज़ें मिल जाएंगी जैसे कि ये जो आपको ये वेबसाइट मिल रहा है फाइल ये भी कमाल की वेबसाइट है यहाँ से आप लोग क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं थर्टी टू का यहाँ पर दिया भी है लिख लेटेस्ट है 2022 का है और वहीं पर देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो है गूगल खुद ही जो है आपको दे रहा है गूगल की वेबसाइट है गूगल क्रोम वेब ब्राउजर ठीक है तो यहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके अगर नीचे की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए फाइल पूमा का एक वेबसाइट है जिसमें भी आपको एक अच्छा लिंक मिल रहा है लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड लिंक मिल रहा है गूगल क्रोम का इसके नीचे भी देखा जाए तो आपको थर्टी टू बीट एंड सिक्सटी फोर बीट फोर विंडो सेवन के लिए लिंक मिल रहा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ठीक अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर डायरेक्ट वही पेज ओपन होगा जो आपके आ, सर्च के हिसाब से ओपन होगा जैसे कि विंडोज़ सेवन के लिए हमें जो है क्रोम को डाउनलोड करना है तो सीधे आ गया डाउनलोड क्रोम विंडो सेवन वर्जन ओके नीचे आएँगे तो हमें इसका लिंक भी मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर लिंक आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है ये वाला जो लिंक है गूगल क्रोम ठीक है भैया ब्राउजर विंडो 7 के लिए विंडो uh, 8 के लिए आर्टेक्चर भी दिखा रहा है सिक्सटी बिट वगैरह ठीक है नीचे भी आएंगे तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है ओके इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पेज भी दिया गया है पेज मतलब क्या यहाँ पर फर्स्ट पेज सेकेंड पेज थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है यानी क्या है कि अगर आपको पहले पेज पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है पहले पेज पर आपको वो सॉफ़्टवेयर नहीं मिल रहा जो आपको जरूरत है तो अब यहाँ पर दो नंबर पर क्लिक करके आप यहाँ पर जा सकते हैं ऐड आए तो उसको हटा दीजिएगा तो दूसरे नंबर पर जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पीसी के हिसाब से आपके कंप्यूटर या लेपटॉप के हिसाब से जो है चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो इसमें से मान जो भी आपको अच्छा लगे उसको डाउनलोड वाले बटन पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर साइड में ही दिया गया है डाउनलोड बटन इस पर आपको क्लिक करना है तो क्लिक कर लीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो है गूगल क्रोम लेटेस्ट वर्जन इज ए वेब ब्राउजर डेवलप बाई गूगल वगैरह यहाँ पर लिक करा रहा है अवेलेबल फॉर डाउनलोड इन फुल इंस्टॉल वर्जन फॉर विंडोज प्लेटफॉर्म फ्रॉम लेगेसी सोर्स ओके दिस वर्जन ऑफ गूगल क्रोम वॉज ऑफिसियली रिलीज ऑन ये फ़लाना डेट वगैरह दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं विंडो एडिसन चेंजेस वगैरह एंड्रॉइड आडि, आडि, एडिसन चेंजेस वगैरह ठीक है नीचे आकर आप यहाँ पर देखिए दो आपको चीज़ें मिल रही है जैसे कि मिल रहा है क्या आपको मिल रहा है कि डाउनलोड करें 32 बिट वर्जन में एंड डाउनलोड करें सिक्सटी बिट वर्जन में तो जो भी आपको डाउनलोड करना है ठीक है जो भी आपको डाउनलोड करना है उसको आपको क्लिक करना होगा तो मुझे मेरा लैपटॉप जो है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला आर्टिटेक्चर वाला है तो मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ 32 बिट वाले पे। अब यहाँ पर एक लिंक जनरेट होगा ठीक है वो लिंक ओपन होगा उसमें आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा गूगल क्रोम का देखिए डाउनलोड होना शुरू भी हो गया सिम्पली डिटेल वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो फाइल है ये यह देखिए यहाँ पर क्रोम स्टैंडर्ड ऑन ई ये फाइल जो है डाउनलोड होना शुरू हो जा रही है अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा ये फाइल ना दिखाई दे तो आपको यहाँ पर जो कॉर्नर में आपको यहाँ पर मिलता है थ्री डॉट मिल जाता है इस थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है किसका ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का ठीक है तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो यहाँ पर उसका जो ए फाइल है सेटअप फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो रही है एट्टी MB का ये जो है सेटअप फाइल है जो डाउनलोड हो रही है और इसको डाउनलोड होने के बाद आप इसे अपने पीसी में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है तो ये एक बेस्ट तरीका है जिससे आप किसी सॉफ़्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी के हिसाब से उम्मीद है आप लोग को जो वीडियो है कॉन्सेप्ट है वीडियो का वो समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग को किसी सॉफ्टवेयर को सर्च uh, करना है डाउनलोड करना है प्रॉपर तरीके से ताकि आपके कंप्यूटर uh, या लैपटॉप के हिसाब से uh, जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा हो ठीक है और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट ना करे ठीक है इस वीडियो में इतना ही मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तो लिए बाय बाय